वाले हैं मेथी दाना के पराठे हेल्दी एंड टेस्टी डिश है मेथी दाना जो होता है बहुत गुणकारी होता है और इसके बहुत से फायदे होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएं ये हेल्दी एंड टेस्टी मेथी दाना पराठे सबसे पहले इसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं आज की रेसिपी के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगते वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ मेथी दाना लिए हैं। मैंने ये 1/4 कप मेथी दाना लिया है और इसे छह से सात घंटे पानी में भिगो कर रखा है उसके बाद मैंने इसे कॉटन के साफ कपड़े में बांधकर एक दिन के लिए रख दिया तो ये ऐसा अंकुरित हो जाता है अंकुरित होने के बाद ये एक कप पूरा हो जाएगा इसको मिक्सी में ट्रांसफर कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे ग्राइंड कर लेंगे इसे हमें हल्का दरदरा रखना है ये देखिए हमारी पेस्ट तैयार है अब इसको डाल देंगे किसी मिक्सिंग बोल में अब इसमें ऐड कर देंगे टू टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट और साथ ही डाल देंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और एक चम्मच रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर अब थोड़ा सा धनिया का पत्ता बारीक कटा हुआ और साथ ही थोड़ी सी अजवाइन जिसको मैं हाथों से क्रश करते हुए डाल दूंगी अजवाइन से इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा अब एड कर देंगे तीन कप गेहूं का आटा एक कप मिथीदाने के मिश्रण के लिए तीन कप गेहूं का आटा चाहिए अब इसमें डाल देंगे वन टेबल स्पून ऑयल और डाल देंगे स्वादानुसार नमक अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ऑयल ग्रीस करके पाँच दस मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे तब तक हमारी चटनी बना लेते हैं तो सबसे पहले ग्राइंडिंग जार में डाल दिए हैं आधा कप भुने पीनट्स इसके मैंने छिलके निकाल लिए थे इसमें डाल देंगे तीन से चार लहसुन की कलिया और तीन से चार हरी मिर्च डाल देंगे थोड़े से करी पत्ता और फ्रेश धनिया इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ये देखिए हमारी चटनी तैयार है अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं मैंने इसमें तेल और जीरे का तड़का लगा लिया है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारी चटनी तैयार है अब हम पराठे बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं हाथों से थोड़ा सा पोर्शन लोई कर लूंगी। और इसे थोड़ा आटा लगाकर हम राउंड शेप में बेल लेंगे देखिए मैं क्रिस प्रकार से बेल रही हूँ इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर, और दूसरी ओर से भी बेल लेंगे अब हम इस पराठे को गरम तवे पर डालकर एक तरफ से अच्छे से सेक लेंगे देखिए हमारा पराठा एक तरफ से सीख गया है अब इसे टर्न कर लेंगे दूसरी तरफ से सीख जाने पर इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसे फैलाकर इसे फिर से एक बार टर्न कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा पराठा कितने अच्छे से गोल्डन हो गया है अब इसे इस ओर से भी तेल लगाकर अच्छे से सेक से लेंगे देखिए हमारा पराठा अच्छे से फूल भी गया है इसे फिर से एक बार टर्न कर लेंगे अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे ऐसे ही हम सारे पराठे बेलकर सेक लेंगे ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं हमारे हेल्दी एंड टेस्टी मेथी दाना के पराठे बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं मैंने इसको पीनट्स की चटनी और सॉस के साथ सर्व किया है आप इसे घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिए एंड ट्रस्ट मी गाइड बहुत ही अच्छे लगते हैं आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आये और मुझे कमेंट करके जरूर बताए आपको कैसे लगे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए